श्री अनिल कुमार जी राठौर शामगढ़ वालों की ओर से महाकाल मुक्ति धाम समिति में आज करीब सीमेंट से बनी दस कुर्सियां यहां पर उपलब्ध कराई गई है और हमारे साथी इन कुर्सियों का आनंद भी लेते हुए और एक बढ़िया शानदार जगह से डॉक्टर साहब ने अपने मन की मंशा पूरी करते हुए कुर्सियाँ लगाइए और देखिए यह हमारा सभागृह हाल इसके दाएं और बाएं दोनों तरफ इन कुर्सियों को लगाया गया है जिससे आने वाली पब्लिक को बैठने में अच्छी सुविधा उपलब्ध रहे हमारे डॉक्टर साहब का महाकाल मुक्तिधाम समिति सीतामों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद नेट सोमोशी तागा का इन को अनु के